आपको आपको देखने के लिए दिल फिर भी आपकी दुआ करता है है अच्छा तो है हमसे हमसे अच्छा अच्छा तो तो आपके आपके घर घर का का आईना आईना कम कम से कम आपको देख तो लिया करता है अब कोई पसंद आ भी गया तब भी नहीं करेंगे कि अब कोई पसंद आ भी गया तब भी नहीं करेंगे पहले बहुत सोके खे अब दोबारा प्यार नहीं करेंगे जो दोस्तों के बुलाने पर भी खेल लेना है वो दोस्त नहीं कायर है कि जो दोस्तों के बुलाने पर भी खेल लेना है वो दोस्त नहीं कायर है और एक दिल तोड़ने वाली लड़की से अच्छा तो यार फ्री फायर है काली का दूंगा लो